यूनिवर्स का एक रूल है कि हम जिन चीज़ों पे फोकस करते हैं वो चीज़ एक्सपांड करती है जैसे कि अगर हम अपने लाइफ में प्रॉब्लम पे फोकस करते हैं तो प्रॉब्लम एक्सपांड करती है और अगर हम अपने लाइफ में हैप्पीनेस पे फोकस करते हैं तो हैप्पीनेस एक्सपेंड करती है ऐसे ही जब हम कंप्लेन करते हैं तब हम हमारे लाइफ में हुए गलत चीज़ों पर फोकस करते हैं और जब हमारे ही लाइफ में हुए गलत चीज़ों पर फोकस करते हैं तब वो भी एक्सपांड करती है और इसीलिए जो लोग ज़्यादा कंप्लेन करते हैं कि मैं ये नहीं कर पाया इसका रीज़न ये है मैं ऐसा इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि मुझ में ये ये चीज़ों की कमी थी ऐसे कंप्लेन करने वाले लोगों के लाइफ में अक्सर गलत ही होते हैं दोस्तों अगर बात कुछ समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा थैंक यू